करो थोड़ो लंबो लियो काम करेड़ो को एक दुई बोल। बड़ी फुर्ती मारी नहीं थे काम करो मन पोचो मरवा दो साल बाद में लड़कवाई यार मैं पानी थे पोचो मारो मैं तो अरे सुने मैं तेरे आज यार आता हो ले तो तो तो मैं ही तो कहता मतलब एक तो नहीं देना हो है अब देख लियो के नाक में है तो नहीं तो तो अरे तू मैं जी क्या <laughs> रिसाली रिसाल कह तू मैं तो या ना हूं यार, आ हूं, है। मैं यार बलंदे नहीं बलन देता नहीं बढ़ाए मेरी एक बात सुन हाँ। जो फेरा ला नहीं बिल टाइम तो तो यार बेटी जा गए इतने तो में। में बाद में देख सेटिंग खोई जाए फिर फिर तबक नाकि बात मैं सुनी बेद जिकर करें खतरा ना ना भाई जी छोट छोड़ दे दो बात बाकी को फ्लेस में थे वही अरे यार फ्लेस में लगी। मतलब यह है कोई आदमी बेलो फिर तो नहीं तो वो आदमी मतलब काम ला जा रहा फिर है नी तो भाई जी देखे तेरे को लेकिन जाके बैठ मार्कन तो बे थे आदमी कोई टॉपिक है <laughs>